ऋषि सूनक को यूके के न्यू पीएम बनते ही ऐसा लग रहा है मानो पूरा ब्रिटेन भारत के सपोर्ट में आ गया है दरअसल हाल ही में हुई G20 ट्वेंटी शिखर सम्मेलन में आप सबको पता ही होगा कि नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक के बीच हुई में एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया था जिसमें भारत के जो भी नागरिक ब्रिटेन में जा करके अपना जॉब पाना चाहते थे वो दो साल तक बिना बीजा के वहां रह सकते थे वहीं यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिलिंग में एक प्रस्ताव लाया गया था जिसमे यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्यों के विस्तार को लेकर के अहम चर्चा होनी थी आपको बता दें की यूनाइटेड नेशन में प्रेजेंट टाइम में पांच स्थायी सदस्य और दस नॉन स्थाई सदस्य इसी के चलते इनके विस्तार पर समय समय पर चर्चा होती रहती है इस बार की बैठक में यूके की प्रवक्ता बाबरी बुडबर्ड ने यह कहा कि हम भारत सहित जर्मनी जापान ब्राजील और एक अफ्रीकन देशों को स्थायी सदस्य बनने पर सहमति प्रदान करते हैं और वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हम नॉन परमानेंट सदस्य को दस से पंद्रह करने में भी सहमत है वही ब्रिटेन की बात को दोहराते हुए फ्रांस ने भी भारत के बीटो पावर को लेकर के समर्थन किया है और आपको बता दें कि रूस भी समय-समय पर भारत को बीटो पावर दिलाने की कोशिश करता रहता है अब अहम बात अमेरिका और चीन के ऊपर अटकी है यदि अमेरिका और चीन यह मान जाएं कि भारत को बीटो पावर मिल जाए तो भारत को बीटो पावर जल्द ही मिल सकती है रही बात ब्राजील जर्मनी जापान और एक अफ्रीकन देश की तो अफ्रीकन देश का यह डिपेंड करेगा कि वह अफ्रीका का कौन सा देश है और जर्मनी का विरोध तो रशिया ही कर देगा रही बात जापान की तो रसिया और चीन मिलकर के जापान को बीटो पावर देने से सख्त मना कर देंगे अब ब्राजील और इंडिया जल्द ही बीटो पावर की श्रेणी में आ सकते हैं जय हिंद